समुद्र के जैसी है पहचान मेरी दोस्तों ऊपर से शांत नजर आती हूँ लेकिन अंदर ढेरों तूफान भरे हुए हैं। कभी आजमा कर देख लेना